दिल के जख्म थोड़े गहरे हैं गहरे जख्मों को भरने आया हूं और देखता हूं कब तलक हराएगी ये जिंदगी चला जा मैं फिर से लड़ने आया हूं